कैसे हैं आप सब मैं के पी आप सभी का न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूं हूँ तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं नोएडा सेक्टर 16 की मार्केट देख सकते हैं आप लोग दोनों साइड में कि किस तरीके यहां से ये यहाँ की बिल्डिंग्स टावर्स जो बने हुए हैं देख सकते हैं दोनों साइड में देखो आप लोग ये देखो टावर्स तो टावर्स देखो ये ये है सारा सेक्टर 16 मेरे दोनों साइड में इधर भी देख सकते हैं आप लोग बिल्डिंग्स देखो कितनी सुंदर सुंदर सी हैं ये और ये सारा है सेक्टर सेक्टर 16 का सारा तो आज काफी दिनों के बाद मैं आप लोगों के बीच में मैं कुछ अलग ही ब्लॉग लेकर आया हूं पर यहां से हम चलेंगे सेक्टर 18। तो हम हो जाते हैं यहां से ऊपर क्योंकि नीचे नहीं जाएंगे अभी नीचे गाजियाबाद के लिए दिखा रहा है और हमें गाजियाबाद ही जाना थे तो तो देखिए ये बिल्डिंग कुछ ऐसी बनी हुई है तो दिखाते हैं आप लोगों को